लो भाई कैसे हो आपका दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपको दो या दस या सौ सब्सक्राइब है तो उसे कैसे वन के पूरा तो दोस्तों अभी देख रहे हैं हम आ गए हाईवे पर आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वन के सब्सक्राइब कैसे करता है तो दोस्तों वन के सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ भी करने का नहीं है बट टेलीग्राम से आपको सब्सक्राइब करना है सब कुछ सब करके और जल्दी से वहां से कर सकते हैं टेलीग्राम पर आपको चलिए मैं बताता हूँ कैसे करता है हेलो फ्रेंड तो चलिए मैं चलता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर आकर आपको यहाँ से बंदे को मैसेज करके सब्सक्राइब अपने यूट्यूब चैनल को ले सकते हैं तो देखिए मैं इसे सब्सक्राइब किया हूँ और वो भी मेरा किया है तो यहाँ से ओके मैं लिख कर डाल दिया तो देखिए आपको दो दोस्तों सामने मैं एक बंदा को रिप्लाई दूंगा और उसे सब्सक्राइब भी पाऊंगा और उसको सब्सक्राइब भी दूंगा तो यहाँ से देखिए मैसेज चैनल पर कर सकता है तो यहाँ देखिए मैं मैसेज करता हूँ देखिए इस बंदा को मैसे मैं मैसेज मैं करूँगा हेलो लिख तब तक वो मैसेज करेगा तब तक मैं दूसरे देखता हूँ तो यहाँ पर मैं इस ग्रुप में मैं मैसेज किया हूँ पहले से मैं ऑलरेडी लिखा था तो देखिए एक मैसेज किया है बंदा उसे हाई लिख कर दे अपने चैनल लिंक डाला है तो इसे चलिए मैं सब्सक्राइब करता हूँ चैनल अब सब्सक्राइब करने पर उसके बाद ए, एक स्क्रीन ले लूँगा स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे मैं डालूँगा तो चलिए उसके चल रहा हूँ डालने के लिए तब तक वो पहले मुझसे पहले वो डाल चुका है तो मैं डाल दिया स्क्रीनशॉट उसको तो देखिए दोस्तों ये जिसे मैं पहले हेलो लिख कर डा, डाला था वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया और अपने चैनल का नाम डाल दिया है तो चलिए मैं उसका चैनल को सर्च करता हूँ सर्च करने पर उसका चैनल देखिए आपके सामने यहाँ पर आ गया है इसे मैं सब्सक्राइब करके उसको डाल दूंगा स्क्रीनशॉट एक लेकर तो चलिए मैं स्क्रीनशॉट उस डालता हूँ उस चैनल पर तो देखिए यहाँ पर मैं उसे स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ और वो भी मेरा डाल दिया है तो इसी तरह करकेग्राम आप... पर आपको मालूम चल गया होगा कि कैसे यूट्यूब सब्सक्राइब बढ़ाते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर दे